BPL राशन कार्ड BPL राशन कार्ड के अंतर्गत उन गरीबों को 35 किलो राशन दिया जाता है जिनके किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है सो so फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि BPL राशन कार्ड की लिस्ट में आप अपना नाम किस तरह से देख सकते हो यदि आपने उसमें अप्लाई किया है तो चलिए शुरू करते हैं राशन कार्ड की लिस्ट में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेना है और आपको सर्च बार में टाइप करना है राशन कार्ड जैसे ही आप राशन कार्ड टाइप करेंगे आपके सामने यहां पर कई सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी आपको नीचे एक मिलेगा एफ इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो आएगा ये राशन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है उसके बाद आप नीचे इसक्र करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा राशन कार्ड की पात्रता सूची इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने वैसे ही एक राशन कार्ड की लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आपको यहाँ पे आपके जिला का नाम दिखाई देगा तो आपको यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है आप जिस भी ज़िले में रहने वाले हो उसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या नगरीय क्षेत्र से तो मैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र को सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसा कि मेरा ब्लॉक है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ग्राम पंचायत बार खुल जाएगा आप जिस भी ग्राम पंचायत में रहते हो उस ग्राम पंचायत को आपको सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपके सामने वैसे ही यहाँ पर पात्र ग्रहणी या गृहस्थी का ऑप्शन आएगा और अंतोदय का तो अंत्योदय जो बीपीएल के अंतर्गत कार्ड होते हैं वो अंतोदय में आते हैं तो यहाँ पे आपको अंत्योदय में जो लिंक ओपन हो रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे अंतोदय यानी बीपीएल राशन कार्ड की सूची खुल गई है यहाँ पे इनका नंबर दिया है उसके बाद खाताधारक का नाम दिया है उसके बाद लाभार्थी के पिता का नाम या पति का नाम उसके बाद उनकी माता या उसके इनिट दिए गए हैं उसके बाद यहाँ पे कब ये अप्लाई हुआ है वो भी यहाँ पे डेट दी हुई है तो यहाँ पे चलिए मैं अपना राशन कार्ड को ओपन कर लेता हूँ राशन कार्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सारे मेंबर्स, यहाँ पे कितना यूनिट है और किसके अंतर्गत हमें राशन मिल रहा है वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे